या देवी रूपेण मातृरूपेणुसंसिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः संसार की समस्त माताओं को मैं पंडित आशीष वत्स सी झुका करके नमन करता हूँ प्रिय दर्शकों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन अपने चैनल अपने पेज पर मैं पंडित आशीष वत्स नवरात्रि स्पेशल इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करता हूँ शारदीय नवरात्रि यानी कि माँ दुर्गा की उपासना के पावन नौ दिन नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है इस साल शारदीय नवरात्रि नौ, नौ दिनों की ना होकर के आठ दिनों की पड़ रही है देखिए दर्शकों चतुर्थी तिथि का क्षय हो रहा है सात अक्टूबर से शुरू होने वाली नवरात्रि इस बार चौदह अक्टूबर तक रहेगी और 15 अक्टूबर को विजया का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा इस साल नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार से हो रहा है ऐसे में माँ दुर्गा की जो सवारी है ये डोली रहेगी जिसको पालकी कहते हैं तो माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर के आएंगी और हाथी पर सवार होकर के प्रस्थान करेंगी 6 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के साथ श्राद्ध समाप्त हो रहे हैं इसके अगले दिन यानी 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है प्रिय दर्शकों अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि नवरात्रि का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है नवरात्रि के पावन 9 दिनों में ऐसे कौन कौन से उपाय करें जिनको करके आप अपने जीवन में समृद्धता ला सकते हैं सुख शांति ला सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों कुछ इसमें जो है जैसे मां दुर्गा जो है डोली पर सवार होकर के आएंगी तो सीधा सा संकेत है कि अभी तक यदि आप लोग अपने घर में कन्याओं की शादी देखते देखते थक गए और शादी कहीं नहीं हो रही थी तो अब आप इस नवरात्र के बाद से यदि आप प्रयास करेंगे तो उनका विवाह संपन्न होगा साथ ही साथ दर्शकों आपके घर में महिला हो या पुरुष हो उनकी शादी तय है होनी दूसरा दर्शकों आस पड़ोस के जो देश है इनसे भारत के संबंध मजबूत रहेंगे चूँकि मां दुर्गा का आगमन डोडी है इसलिए दर्शकों आस पड़ोस के देशों के साथ संबंध मजबूत होने के साथ साथ जो व्यापार है व्यापार भी मजबूत होगा एक बात और बताएंगे दर्शकों कि नारी शक्ति के लिए विश्व कैपिटल में या भारत के परिप्रेक्ष्य में कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे साथ ही साथ माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के जाएंगी दर्शकों एक बात और बता दें आ, अभी भी कुछ राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है क्योंकि आने वाले समय में सूर्यदेव भी नीच के हो रहे हैं संभव है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री चेंज कर दिए जाए हिमाचल प्रदेश में बदले जा सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी चेंज हो सकते हैं बदले जा सकते हैं या इसके अलावा अन्य किसी राज्यों में भी बदले जा सकते हैं देखिए जब ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी तब ये सब स्टेट्स वगैरह नहीं थे ना ये पद चलता था बस ये एक अनुमान लगाया जाता है तो दर्शकों इस बार की नवरात्रि आठ दिन की है इस वर्ष की नवरात्रि आठ दिनों की है कारण इसका यह है कि चतुर्थी तिथि का क्षय हो रहा है इस कारण से ये नवरात्रि आठ दिनों की है आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा आगे बढ़ते हैं दर्शकों और कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त जानते हैं तो सात अक्टूबर को आप लोग कलश स्थापना करेंगे गुरुवार दिन रहेगा नक्षत्र जो रहेगा चित्रा नक्षत्र रहेगा हालांकि जो है आ, यदि आपको कलश स्थापना करना है तो सुबह साढ़े ग्यारह बजे से लेकर के और साढ़े बारह बजे तक का मुहूर्त तो सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि अभिजीत मुहूर्त रहेगा तो चित्रा नक्षत्र बैधृति योग रहेगा और अगर आप लोगों को कलश स्थापना प्रातः काल करनी है तो चार मिनट से और सूर्योदय तक कर सकते हैं सुबह छह मिनट तक या एक और है कि बजे से लेकर के और सुबह सुब तो आप यदि आपने घट स्थापना कर ली तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा देखिये दर्शको ये जो गणना है लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके की गई है अब आगे बढ़ते हैं दर्शकों और जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों के लिए आज हम आपको कुछ टिप्स देंगे कुछ उपाय देंगे इनको करके आप लोग अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं उससे पहले दर्शकों आप लोगों से आप लोगों को अपडेट कर दें कि दिनांक 11 और 12 अक्टूबर को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक दिल्ली आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दूसरा दर्शकों देहरादून आगमन हो रहा है देहरादून में इक्कीस और बाईस अक्टूबर को रहेंगे उपस्थित रहेंगे तो आप लोग वहाँ भी हमसे मिल सकते हैं यदि आपके पास भी आपकी वास्तविक जन्म कुंडली ना हो तो आप हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर आप लोग सुबह साढ़े नौ से लेकर के और शाम को सात बजे तक कॉल कर सकते हैं इसके बाद दर्शकों देखिए सबका अपना घर परिवार होता है आप लोग मैसेज कर दीजिए रात में तो आपको कुंडली आपके उपलब्ध करा दी जाएगी मात्र नौ सौ में आप लोग अपनी कुंडली हमारे संस्थान से पा सकते हैं डेढ़ सौ की कुंडली के साथ इसमें पाँच वर्ष का आपको फलादेश भी प्राप्त होगा तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे होंगे शेयर कर रहे होंगे और यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप लोग अवश्य टाइप करेंगे और माता रानी के भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे देखिए दर्शकों कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं उपाय हैं इनको आप लोग करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं तो देखिए नवरात्रि में सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं तुलसी जीप तो एक अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी के पौधे को आप अपने घर में लाइए इनको लगाइए और पूरे नवरात्र भर क्या पूरे जो है क्या कहते हैं जब तक वो तो तुलसी जी का पौधा आपके यहाँ है एक गिलास पानी में एक चम्मच हल्दी घोल करके प्रतिदिन उन पर जलार्पण करिए निश्चित मानिए दर्शकों कि आपके जो दुर्भाग्य हैं ये दूर हो जाएंगे सौभाग्य में प्रेड़ित हो जाएंगे और सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को साक्षात भगवान माना जाता है तो ऐसे में यदि आप नवरात्रि के शुभ दिनों के दौरान तुलसी जी का पौधा लगाते हैं तो आपके जीवन में आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी तो दर्शकों आप लोग उपाय करिए दूसरा उपाय दर्शकों क्या है यदि आप नवरात्र के जो है पावन दिनों में केले का वृक्ष एक नर केला और एक मादा केला ये दोनों केले का वृक्ष ला करके गुरुवार वाले दिन पहले दिन ही लगाते हैं और विधिवत पूजा करते हैं पानी में हल्दी घोल करके चढ़ाते हैं चने की दाल चढ़ाते हैं और आपकी हाइट जितनी है उस हाइट के बराबर धागा उस केले के वृक्ष में आपको जो है लपेटना रहेगा बांधना रहेगा तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगेगी और आप कमेंट में कहेंगे कि पंडित जी पहले से बहुत बेहतर स्थित हुई है अगला उपाय जानते हैं दर्शकों देखिए छोटे छोटे टिप्स हैं ना हम आपको कोई रत्न बता रहे हैं ना आपको हम कोई रुद्राक्ष बता रहे हैं ये बहुत कॉमन चीजें हैं और फ्री में ये पौधे आपको मिल जाएंगे कोई आपको पैसा भी कहीं नहीं देना पड़ेगा नवरात्रि में दर्शकों यदि आपके घर में कहीं जगह या गमले में आप हर श्रृंगार का पौधा लगाएंगे तो निश्चित मानिए दर्शकों की आपका दुर्भाग्य से पीछा छूट जाएगा और सौभाग्यशाली आप रहेंगे हर श्रृंगार का पौधा लगाने के बाद दर्शकों आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी की अन्न की धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी इसके अलावा दर्शकों नवरात्रि के अंतिम दिन आखिरी दिन कन्या पूजन का विशेष प्रावधान है तो कन्याओं का आप पूजन करिए पैर धुलिए उनके उनको खीर खिलाई और लाल रंग के वस्त्र या चुंदरी उनको आप भेंट स्वरूप उपहार दे करके और पैर छू करके उनका आपको आशीर्वाद लेना रहेगा जीवन में समस्त कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी दर्शकों ये याद रखिएगा साथ ही साथ नवरात्रि के नौ दिनों में प्रतिदिन दर्शकों दुर्गा सप्त के पाठ करिए लक कवच अरगला सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ तो अवश्य करिए इसके साथ दर्शकों प्रतिदिन बार यदि आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो मनोवांछित फल की आप लोग प्राप्ति कर लेंगे नवरात्रि में जरूरत मंदो और गरीबों को उनकी जरूरत का यथाशक्ति के अनुसार आप लोग दान करिएगा दर्शकों देखिये दान की कोई परिभाषा नहीं है तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि तुलसी पंचिंग को पे घटे न सरिता दान दिए धन ना घटे जो सहाय सहारीर तो जो भी दान वगैरह आप डोनेट करना चाहते हैं गरीबों को आप लोग डोनेट कर सकते हैं अपने लिए हम कुछ नहीं मांग रहे हैं जो भी आपको यथा सामर्थ्य हो आप लोग गरीबों को डोनेट करिए देखिए ईश्वर ने आपको देने वाला बनाया है तो आप लोग दीजिए और बाकी आपको भी कोई देता है क्योंकि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया आप भी भिखारी है आप भी उस राम से मांगते हैं हम भी उस राम से मांगते हैं तो उस राम का दिया हुआ है दूसरे तक पहुंचाना है तो पहुंचाइए उसको दर्शकों दुर्गा सप्तशती के कुछ मंत्र हैं जैसे कि मान लीजिए कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो एक मंत्र है आप लोग सुन लीजिए और स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा या देवी षु बुद्धि को कराइए आपके बच्चे की बुद्धि कौशल का विकास बढ़ेगा परीक्षा में सर्वोत्तम अंक से उत्तीर्ण होंगे आपके बच्चे दूसरा दर्शकों आपके घर में बहुत ज्यादा कलह रहती है चिंता मत करिए दर्शकों इस नवरात्रि में एक मंत्र आपको दे रहे हैं और कलह है दूर हो जाएगी करना क्या रहेगा तो घर के सभी सदस्य नमस्त नमो नमा इस मंत्र का जाप माँ दुर्गा के समक्ष बैठ करके एक दीपक प्रज्वलित करके करना रहेगा इस मंत्र के जपने से आपके घर में सुख शांति का प्रादुर्भाव होगा आगे बढ़ते हैं दर्शकों यदि आप भगवान की भक्ति पाना चाहते हैं चाहते हैं कि आपके घर में सब कुछ मंगल रहे तो एक मंत्र है इसका आप लोग पाठ करिए। सर्व मंगल, मंगल सिवे सर्वार्थ साधिके, नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का आप लोग एक सौ बार जाप करिए आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी आपके घर में सब कुछ मंगल होगा आगे चलते हैं दर्शकों एक मंत्र है मान लीजिए कि हम लोगों से कोई गलती हो जाती है तो हम लोग सॉरी बोलते हैं लेकिन अगर पूजा में कोई गलती हो जाए तब आप क्या करेंगे वो पंडित जी बहुत लंबा मंत्र बोल देते हैं वाहनम ना जाना जाना विसर्जनम पूजाम जाना क्षमत्व परमेश्वर या परमेश्वरी ये सब नहीं बोलना है सिंपल सा है दर्शकों नोट कर लीजिए ये माता रानी से क्षमा प्राप्ति का मंत्र है ओम जयंती मंगला काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ये मंत्र स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग नोट कर लीजिएगा इस मंत्र को दर्शकों मात्र 11 बार इक्कीस बार यदि आप बोल देते हैं और ऐसे कान पकड़ लीजिएगा सॉरी बोलने के लिए यकीन मानिए दर्शकों माता रानी आपको क्षमा कर देंगे बहुत बड़ा माँ का दिल है बस एक बार आप सच्चे मन से पूजा तो करिए कई लोगों की कंप्लेंट आती है कि हमारे बच्चे खाते पीते हैं लेकिन उनके शरीर में नहीं लगता है हमारा बच्चा दुबला बहुत है तमाम डॉक्टरों के पास जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन उनसे लिखवाते हैं दवाई लिखवाते हैं लेकिन दर्शकों एक बार यदि आप अपने भागवत पुराण को देवी भागवत पुराण उठा करके पढ़ लें दुर्गा सप्तशती पढ़ने वहीं से लिया गया है तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी करना क्या रहेगा अपने बच्चे को एक मंत्र है पढ़वाइए और देखिएगा दर्शकों 90 दिन ये मंत्र करवाइये आपके बच्चे की शक्ति जागेगी पौरुष बढ़ेगा और तंदुरुस्त रहेगा आपका बच्चा मंत्र क्या स्क्रीन पर देखिएगा या देवी सर्वभूतेशु शक्ति रूपेणु संस्थिता नमस्तय नमस्तय नमस्तय नमो नमः इस मंत्र का आप 108 बार जाप अपने बच्चे से प्रतिदिन करवाइए दर्शकों और निश्चित तौर पर आपके बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे अगर आपके पास धन की कमी है तो इस नवरात्रि में हम आपको एक धन कारक मंत्र दे रहे हैं इस मंत्र का आप जाप करिए और निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी मंत्र क्या है मंत्र सुनिएगा दर्शकों त्रुटि मत करिएगा देख लीजिए या देवी सर्वभूतेशु लक्ष्मी रूपेण संस्थित नमस्त नमस्तअ्य नमस्तअ्य नमो नमः इस मंत्र का आप लोग 108 बार प्रतिदिन दुर्गा जी के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करके तिल के तेल का 108 बार आप इसका जो है जाप करिए लाल चंदन की माला से या स्फटिक की माला से या कमल कमलगट्टे की माला से निश्चित तौर पर दर्शकों आपके घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी अब दर्शकों आते हैं यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है तमाम लोगों के इस समय बेरोजगारी लोगों के ऊपर छाई रहती है कहते हैं पंडित जी रोजगार है ही नहीं है क्या करें और हमारे पास फोन भी सबसे ज़्यादा आता है जिन लोगों की जॉब नहीं रहती है फ्री की चीज़ है दर्शकों कर लीजिएगा निश्चित तौर पर आपको नौकरी मिलेगी करना क्या रहेगा तो इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशदी का ये मंत्र है आप लोग देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर एक दीपक प्रज्ज्वलित करिएगा और शुद्ध रहिएगा नहा धोकर के तब जाइएगा बैठिएगा मंत्र है या देवी सर्वभूतेशु वृत्ति रूपेणु संस्थित नमस्तय नमस्त नमस्त नमो नमा इस मंत्र का प्रतिदिन एक 108 बार जाप करिए निश्चित तौर पर आपको जो भी आपकी योग्यता होगी उसके अनुसार आपको नौकरी प्राप्त होगी ही होगी इस मंत्र का जाप करिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जो भी आप अपने एक्सपीरियंस हो वो शेयर अवश्य करिए तो दर्शकों ये तो कुछ टिप्स थे नवरात्रि से संबंधित आपको हमने बता दिया मर्जी आपकी है करना या ना करना बाकी हमारा काम था आपको बताना जो भी अल्प ज्ञान है हमारे अंदर वो हमने आपको दे दिया तो दर्शकों अपनी वाड़ी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ नमस्कार जय माता दी